सुरशंकरा म्यूजिकल ग्रुप ने अपनी पांचवी वर्षगांठ पर संगीत मय श्याम का आयोजन किया इस दौरान सुरशंकरा ग्रुप के गायकों ने गीत गाए, प्रसिद्ध भजन गायक मनीष अग्रवाल ने अंगना पधारो महारानी भजन गाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया वहीं जबलपुर के श्याम बैंड ने दर्शकों का मन मोह लिया भोपाल के राज पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान में तू मिला तो मैं पाया जीने का नया सहारा संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ इस संगीत में शाम में जबलपुर से आए सेक्सोफोन वादक मनोज ईश्वरी प्रसाद और बांसुरी वादक नीरज निरंकारी की धुनों पर दर्शक झूमते गाते नजर आए वादक मनोज ईश्वरी प्रसाद ने सेक्सोफोन से कई नए पुराने गीतों से समा बांध दिया वहीं बांसुरी वादक नीरज निरंकारी की बांसुरी की मनमोहक धुन ने संगीत प्रेमियों का मन मोह लिया इस मौके पर सुरशंकर ग्रुप के संस्थापक गायक सुरेश गर्ग प्रतीक गर्ग ऋषि गर्ग निहारी का गर्ग के साथ अन्य गायकों ने अपनी धमाकेदार दी। गायकों के नए पुराने गीतों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर प्रसिद्ध गजल गायक मनीष अग्रवाल ने अंगना पधारू महारानी की प्रस्तुति के साथ जबरदस्त एंट्री की मनीष के गायक गीतों ने संगीत प्रेमियों को नाचने पर मजबूर कर दिया कार्यक्रम के आयोजक और गायक सुरेश गर्ग ने बताया सुरशंकर म्यूजिकल ग्रुप की सौवीं परफॉर्मेंस और पांचवी वर्षगांठ है आज सबसे बड़ी उपलब्धि यह कि हमारे ग्रुप के तो ग्यारह कलाकार हैं ये लेकिन जबलपुर संभाग के, के आर्मी में अपने नीरज निरंकारी जी जबलपुर से आए हैं इंडो गॉड टैलेंट के पूरी टीम म्यूजिशियन की आई है जबलपुर से बारह लोगों की जबलपुर के आए हैं सभी इंटरनेशनल शाम बराज बैंड के फोन है इंडिया के श्री मनोज प्रसाद जी वो आए हुए हैं प्रसिद्ध भजन गायक लेखक है अंगना पाद महारानी जिन्होंने भजन गाया मनीष अग्रवाल जी और भैया वो भी आए हुए हैं हम सभी गायकों के ये संदेश देना चाहते हैं जो है ना हमारी ये पोस्ट यते हैं हमारे YouTube चैनल भी शुभ म्यूजिकल ग्रुप नाम से YouTube चैनल है तो हम सभी गाने YouTube चैनल में डलते हैं करीब 2000 करीब गाने डले हुए हैं कि कभी किसी बच्चों की नज़र किसी अच्छे मतलब ना कि पड़ जाए तो कभी मौका मिल जाए तो उन्नति करें ये बच्चे तो उनका भविष्य ना क्या हालत ना उज्ज्वल हो या हमारे मतलब ये पिता से छोटा सा मतलब ये हर साल नहीं करता सोशंकर म्यूजिकल ग्रुप में ना पाँचवीं वर्ष में सोवा प्रोग्राम कर रहा है एक साल का बीस के बीस प्रोग्राम कर चुके हैं जैसे तो निन्या प्रोग्राम तीसरा हमारा तीन जुलाई 2022 हज़ार बाईस को सेंट्रल भोपाल में हुआ था और सोवा प्रोग्राम जो है पाँचवीं वर्षगांठ है हमारा कल सुरशंकर का जो लोग का मध्य शासन का दिन रजिस्टर्ड ग्रुप है इसमें सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी है उनके परिजन उसमें और इस ग्रुप में हम किसी से भी एक पैसा नहीं रहते मंच उपलब्ध कराने का जैसे भोपाल में फिशन चल रहा है कि किसी को एक गाना गाना पाँच सौ रुपये देते हैं तीन सौ रुपये से फिक्स हैं भोपाल में जो भी संगीत का आयोजन है, होते हैं किसी में दो हज़ार किसी में ढाई हजार शोट शंकर म्यूजिकल ग्रुप का ये ना इसमें ना एक पैसा किसी से भी किसी भी रूप में नहीं लिया जाता है ये किसी से भी पूछा जा सकता है ये